सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जय भोलेगी हाँ जय शंकर की जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ की जय भोले हाँ आज मैं महाराष्ट्र में आया हूँ महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट कंडारे गांव में आया हूँ ये जो भोले देख रहे हैं आप उनको आप 2019 में 2020 में शायद 2020 में आपने हमारी जो चार धाम की यात्रा थी उसमें देखा होगा तो आज इन्हीं के कहने पे मैं इनके गाँव को और इनके खेत का निरक्ष देखने के लिए आया हूं इनकी खेती बाड़ी कैसे करते हैं ये क्योंकि मैं आज से पहले कभी गांव गया नहीं था तो इसलिए मैं गाँव आया हुआ हूँ और ये है हमारे हरी काकड़े जय भोले की हाँ कारवे काकड़े ये यहीं के हैं दोनों और दो भोले सुबह मुझसे मिलके चले गए थे और आइए और हाँ हम सब ये हरिराम जी आपके खेत के बारे में हमें बताएंगे थोड़ा बताइए हरिराम जी ये अपना महाराष्ट्र का जो खेती है वो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे कपास सोयाबीन तूर उसमें मूग भी आता है गन्ना भी रहता है बहुत सारे क्वालिटी के फसल रहती हैं तो आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि सोयाबीन कपास और गन्ने की खेती का निरीक्षण करेंगे इनको दिखाएंगे। हमारे खेत में जो है धान तो उसका इनको थोड़ा सा जो जानकारी लगती है वो उसमें वीडियो में बताएँगे तो चलते हैं अब खेत की तरफ इनको जो फसल है वो दिखाएंगे इनका भी खेत है ये सारे यहाँ पे खेती का काम हो गया काम ही इनका खेती का और कोई बेरोजगार इनके पास है नहीं तो ये भी अपना खेत के बारे में बताएंगे अपनी कितनी जमीन है और क्या उबार रखा है इन्होंने थोड़ा सा ऐसा मैं कारभारी काकड़े महाराष्ट्र जानना हमारे पास गन्ने की खेती है और इधर सोयाबीन कपास गन्ना मूँग यदि फसल ज़्यादा रहती है कई ये फल के भी पेड़ है सब्जी सब्जी भी और ये आती, आती है तो घर के, के लिए लगने के लिए। वाले बहुत रहते हैं लेकिन ज्यादातर खेती में सोयाबीन कपास और गन्ना रहेगा ये प्रमुख है तीन पिक तो चलिए अभी इनके खेत की तरफ चलते हैं ठीक है अभी हम बाइक से रोड बताओ सुन हाँ अभी हम हमारे गांव से दो किलोमीटर आगे बाइक से आ गए हैं यह हमारे खेत के पास में अब रोड पर हमारी बाइक साइड में खड़ी कर दिए हमने और चलते हैं रोड के अंदर ये दोनों बाइक लगी हुई है। हैं और अब खेत का देखते हैं खेत में चलते हैं क्या होगा रखा है क्या क्या बोया हुआ है इन्होंने और थोड़ी देर पहले ही बारिश खुल चुकी है तो रास्ते में थोड़ा सा किचड़ भी लगेगा लेकिन थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कहा तक जा सकते हैं ठीक है सर चलिए अब चलते हैं इनके खेत की तरफ देख रहे चारो तरफ हरियाली हरियाली हो रही है इनकी जहाँ भी देखो वहा पे सारे खेतों में कुछ ना कुछ उग रहा है ये ये ये जो जो आपको सामने पेड़ देख रहे ये पेड़ रहे हो है का अच्छा मैं थोड़ा हाँ। जूम कर लो इसको जरा करो इसको सीताफल का पेड़ बोलते हैं इसको अच्छा ये सीताफल का पेड़ है हाँ और ये, ये, ये है, है सोयाबीन बेकुल ये, ये, ये जो लग रही है फली इसको ये ये ये फली फली जो लग रही है वो आ, है ये है वो की पहली बार आप उबाल भी खा सकते हो तो, को तो ही पकाते हैं। एक बीघा में, कम कम अच्छा में आपका ये सोयाबीन लगा हुआ है नहीं ये तो ज्यादा है जमीन अच्छा लेकिन इसका अवरेज की बात करे तो एक बीघा में आठ से दस क्विंटल आता है आठ से दस क्विंटल सोयाबीन निकलता है चलो देखते आगे क्या दिखाते हैं हरिराम काकड़े जी ये ये जो पेड़ दिख रहा है ना इसको तील बोलते हैं तील अच्छा जो आता है है ना ये ये का का पेड़ पेड़ माइक ले लो आप ये तील का बस कुछ कुछ जगह पे डाल देते हैं अपने घर के लिए जो लगते का उसके लिए और कुछ कुछ जगह पे तो इसका पूरा खेती ही लगता है लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता है ज्यादा ये ये बस अपने घर में घर के लिए जो लगेगा ना तो पूरे जंगल में ज्यादा से ज्यादा पचास सौ पेड़ लगेंगे बस और यह है कपासी अच्छा हाँ अभी ये छोटी है अभी जो ये बढ़ते बढ़ते अपने सर के से इतनी तो बड़ी हो जाएगी छः सात फिट तक ऊपर हो जाएगी वो यह अभी एक महीने की उसकी अभी मौसम बचा है उसके बाद है ना उसमें पूरे वो ये लग जाएंगे इसमें नहीं है अभी बड़े दिखने के लिए हाँ उसमें है यह है इसमें इसमें से फिर वो पक जाने के बाद कपास निकल जाएगी अच्छा अच्छा हाँ। तो कितनी निकल जाती है आपकी इसमें एक बीघा में कम से कम चार्वटल पाँच कुंटल के आसपास निकल जाती है अच्छा, अच्छा। एक बीघा में कितने दिन में तैयार हो जाती है आपकी ये फसल इसको तो बहुत टाइम लगता है ना ये जब से आप उसमें खेत में बोगे हाँ। उसके बाद में कम से कम चार या साढ़े चार महीने के बाद ये अपने घर पे आ जाएगी तो उसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा ये कम से कम आठ महीने तक खेत में रहेगा पेड़ आठ महीने हाँ ये दोनों सीजन में एक ही पेड़ चलेगा जैसे आपने जून में बोया ना तो ये लास्ट मार्च तक चलेगा अच्छा। हाँ और उसके बाद अपन चलेंगे गन्ने के खेती की तरफ हरिराम जी क्या बता रहे हैं आप खेत के बारे में ये है गन्ने का खेत अच्छा हाँ ये, ये तीन बीघा है अच्छा और इसमें अच्छी फसल आ गई तो कम से कम तीन बीघा में 80 या 85 क्विंटल टन तक हो जाएगा टन अच्छा, हाँ यानि की एक सौ टन टन मुझे कितना निकल जाएगा जाएगा जाएगा जाएगा बोले तो तो अच्छा अच्छा इसमें और ये ये ये अपने जो था ना सुगर मिल हाँ, हाँ। उस जाएगा। सुगर मिल उसमें हाँ, हाँ, फैक्ट्री में चलता है डालने के बाद कम से कम बारह महीने के पहले तो कटेगा ही नहीं उसके बाद कटेगा तो ये अभी आपने कब डाला है? अभी तो ये डाला है पिछले अक्टूबर में अक्टूबर के बाद जाएगा येगा तो अक्टूबर के बाद, के बाद, ये। अक, के बाद ये। फिर उसके बाद हॉर यही रहेगा यही उसका ही जो आएगा ना उसको हवर एक बार रखेंगे तो दो साल चलेगा ये हाँ ये गन्ने की खेती है तो मैं आपको एक गन्ना ला के दिखाता हूँ अभी तो बना ही नहीं होगा गन्ना देखिए खाने तो के लिए सायग हमारे सायग को खिलाने तो के लिए गन्ना खेत में घुस गए हैं। शायद दिया दिया दिया। हैं अंदर चले गए दिखाई नहीं दे रहे अब गन्ना लेके आएंगे जब दिखाई देंगे हमें ये तोड़ने के लिए गए हैं गन्ना वो तोड़े आवाज आई होगी आपको भी गन्ने टूटने की देखो ये तोड़ लाया गन्ना वो गन्ना भी बड़ा मोटा है मोटा साइज गन्नाया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आधा छोड़ दिया है है तो ये ये जो जो बाकी जो है, ये चारे के के काम आ जाता होगा पशुओं जानवरों के लिए, लिए पशुओं के लिए अच्छा अच्छा ठीक है ये पक्के पूरा बन चुका है इसमें कोई दिक्कत नहीं है है आ रहा इसमें निकल के ये खाने के योग्य है देखेंगे अभी इसको और गन्ने के अलावा और कुछ आपके यहाँ बस हो गया आपका अभी बहुत है लेकिन अभी कीचड़ की वजह से आगे, आगे नहीं जा पा रहे खेत में भी बारिश हुई है सुबह भी बारिश हुई है कल भी बड़ी तगड़ी बारिश हुई है इसलिए कीचड़ है कीचड़ की वजह से आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता कीचड़े पसलना है और इसलिए हो गया कैसा लग रहा है गन्ने का टेस्ट मीठा है हम हाँ वो तो मिठास ही रहेंगे ना उससे शक्कर बनती है हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> भी हो हो जाएगा जाएगा और दातुन भी हो जाएगा। दातुन <laughs> तो भी करेगा गन्ना ये गन्ना खाने से जो अपनी मसल्स है ना मजबूत हो जाती है मैं तो कह रहा हूं मैंने मसूड़े मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे हाँ, मजबूत हो जाएंगे हाँ, तो इसके हाँ, तो अभी आप देख सकते हो इधर बादल चालू हो चुका है उधर बादल में बारिश चालू हो चुकी है उस साइड में और इस साइड में नहीं है इस साइड में थोड़ा सा ऊपर है ये बारिश दो तीन दिन से लगातार यहाँ पे हो रही है तो इसीलिए हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते क्योंकि पैर पे बहुत कीचड़ लगता है सामने वाला यहाँ सब तरफ आप देखोगे सब तरफ कुछ ना कुछ दिखेगा आपको और ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो कपास गन्ना और सोयाबीन सबसे प्रमुख पीखे यहाँ के हमारे यहाँ के और हमारे यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है इसलिए गन्ना भी बहुत ज़्यादा नहीं है कम से कम हमारे यहाँ पे जो पूरी ज़मीन है उसमें से बस दस पंद्रह ही गन्ना रहता है जी अपना घर दिखाने की हमें ले जा रहे हैं पहला भी इनके घर ले जाएंगे जल्दी हुई है पानी भरा हुआ है पानी भरा हुआ है इसमें तो भी पानी भरा गया है चैनल है एक तो हरी जी बताएंगे कौन सा चैनल है सर आपका वो यात्रा मार्ग हरिराम राम काकड़े तो इनका चैनल को भी आप देखिए ये परकम्पाएँ जो नर्मदा महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी है तो परिक्रमाएं लगाते रहते हैं ये तो जानकारी यात्राओं की जानकारियाँ भी देती हैं अगर आप उनको पूछना चाहें तो ये आपको रूट भी बता सकते हैं रूट भी भेज सकते हैं आपको यात्रा का अगर आप भारत जो किलिंग जाना चाहते हो या प्रकम्बन करना चाहते हो कि किसी भी इन यात्रा सभी यात्राओं की जान भारत की सभी यात्राओं का चाहे आपको जानकारी और मैप भी दे सकते हैं जिसमें आपको तो काफ़ी मदद मिल सकती है अगर आपको कभी विचार हो यात्रा का करने का आप श्री राम कांकड़े का मैं नंबर डाल और उसे आप सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम पहले से पहले इन बोले जी की ये अपना घर दिखाना चाह रहे हैं अपना ये खेती है घर तो अच्छा ये है। खेती <laughs> दिखाना चाह रहे हैं घर घर तो में है अच्छा। खेत का वाला कर रहे हैं इनका ये यहाँ पे गोथा बोलते हैं पे बैल और जो खेती के लिए उपयोगी खाद भी तरह था वो रखने के लिए घर बनाया अच्छा अच्छा चलो जानवर के लिए पानी ये जानवर जानवरों के लिए गाय बैल जानवरों के लिए पानी के लिए हद बनाया हुआ है इन्होंने ताकि कोई जानवर क्या सा ना रहे और स्वस्थ रहे साफ सुथरा पानी है पानी को भी बदलते रहते हैं ये ताकि इसमें किसी तरह के कीटाणु ना हो ये इनके जानवर है, है ये गाय है इनकी जानवर ये इसका बच्चा है ये इसका बच्चा है वो ये नंदी जी है जो आपका खेती का काम करते हैं ये ये हमें देख रहे हैं ये नए आदमी कौन आ गया मेरी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुआ भी देख रहे हैं हमें वो बादल भी गरज रहे है उनके पेड़वंती बोलते अच्छा इसको लाजवंती बोलते हैं इसको लाशवंती ये क्या काम आता है ये। देव को चढ़ाने के लिए अच्छा देव को चढ़ा भगवानों की पूजा के लिए हाँ। अच्छा अच्छा भगवान तो हाँ ये तो नारियल का आपका दिख ये रहा है जाम लगे, जाम लगे। ये जाम लगे हुए अच्छा अच्छा ये आपका स्टोरेज होगा ये स्टोरेज रख बना रखा आपने हाँ। ये तो कुआ है कुआ है कुछ कुआ है तो पानी बारह महीने चालू रहेगा अच्छा इतना गहरा है बहुत है। आराम से। से ये कम से कम अभी 60 और, और पंद्रह बीस फुट के करीब इसमें पानी अभी दिखाई दे रहा है ऊपर से तो पानी पानी के दबाला भी नीचे है। 70 फीट है ये और ऊपर बीस फीट है हम्म ऐसा टोटल नाइन्टी फीट है पानी की कमी नहीं होगी इनको नहीं लास्ट में तो कम हो जाता है लेकिन फिर भी अच्छा यहाँ पूरा गन्ना ही गन्ना है ना इनका हम्म हम्म ये तो सोयाबीन का खेत है उसके नीचे पूरा गन्ना है ठीक ठीक यहाँ पे मोटर लग गए मोटर आपके आप खेच के पानी ले, ले लेते होंगे ना हाँ, क्या तो वाले हाँ हाँ ये गौतर पानी जाता है घर में अच्छा घर के लिए भी आपने कर रखा है यहीं से और खेत के लिए भी घर में इस्तेमाल करने के लिए ये ये ये ये हम्म हम्म हम्म देखिए दिखा रहे अभी अभी अभी कच्चा है है है है है पका पका पका नहीं नहीं होने पे फिर पीला हो जाएगा ग्रीन छोटा ये। ये ये का इसका लग रहा था इसका पूरा रहा ये का स्टोरेज बना रखा है आपने क्या बना रखा है ये स्टोरेज है ना खाद बीज सब रखना पड़ता है हाँ स्टोरेज जो का खेती का जो सामान आएगा वो इसको इसमें हाल वो सब अंदर डाल के रखते हैं ताकि ये कोई... हाल है ना, ये भी अंदर डाल देंगे बाद में लॉक कर देते है ताकि कोई दूसरा कोई निकाल के ना ले जाए है यही वजह गाँव में गाँव में तो चोरी वोरी होती नहीं है इनकी थोड़ा बहुत तो कोई उठा भी के जाता। अपने सेफ्टी के लिए ये रात को कोई अगर यहाँ पे आके सोएगा तो उसके लिए भी है ना बरसात में हाँ बरसात के लिए भी इनके आ, है।, है सब रहता है ये तो बेल है और ये देखते हैं बिंडी होगी हुई थी वो बेल इसको बोलते हैं हाँ ये पेड़ है भिंडी दिखाई दे रही होगी आपको एक और ये बेल है ये बेल किसकी है कद्दू कद्दू कद्दू जो हाँ हाँ पेठा पेठा बनता है जिसका कद्दू कद्दू कद्दू सबसे बड़ा कद्दू उसी को बोलते हैं जिसका पेठा बनता है ये हरीराम काकड़े जी आप अपने घर पे ले आए हैं हमें और ये, ये इनका घर देखिए बिल्कुल गाँव का ये इनके जानवर है ये घर है और ये इनका घर है ये बाहर जो जमीन है इनमें इनका बता रहे हैं कि ये सब्जियां उगाएंगे ये बिल्कुल सब्जियां उगाएंगी अब अंदर की तो बन नहीं पाएगी अंधेरा है लाइट गई हुई है शायद हाँ तो बाहर से ही मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका मकान है ये हरी जी काकड़े जी ने अपने घर के अंदर गणेश जी को स्थापित किया गया है आज उसका विसर्जित करेंगे ये और उसकी आखिरी तैयारी चल रही है पूजा आरती करके और ये कांकड़े जी के शुरुआत कर रहे हैं पोते जी आरती कर रहे की तैयार हैं सुख करता दुख करताेम ूर्ति व श्री मंगलूर्ति स्वामी मात्रा पुत्र जय देव रत्न खच घुमार चंदना चीवी कुम के जय देश जय देश जय मंगल मूर्ति व श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्र मान स्वामी मात्र मान काम लंबो दर्पिता जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति व श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मान स्वामी मात्र मान कामना जय गाने चल गणेशन गणवती आनंद गणपति बापा बंगाल मूर्ति पर क्यों नहीं ना किसान कर प्रसाद दिया जा रहा है मन गणपति पप्पा मंगन या फोटो कह रहे हैं या